हेलो दोस्तों मेरा नाम है ईशान और आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ गया हूं क्लास सिक्स की एस ओके okay. और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं इनमें से टू आपको मैं में देने वाला हूं और टू इसमें से आपको करवाने वाला हूं ओके okay. चलो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ चलिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे डिवाइड का ऑप्शन करेंगे यहाँ पे यहाँ पे ट्वेंटी वन जा। और सिक्सटीन सिक्सटीन मन जान ओके और इलेवन जा आ जाएगा यहाँ पर इलेवन में से सिक्स गए फाइव सॉरी ओ नो, फाइव ओके और यहाँ पे अभी हम जो हमने कराया सिक्सटीन से यहां अब यहाँ पे हो जाएगा अब थ्री जा फिफ्टीन ओके वन कैरी और अब फाइव जा फाइव क्लियर ठीक है ऐसे करने सेफ और आप इसे फिर से ट्राई करना ओके चलो मैं बता देता हूँ पहले सिक्सटीन को ट्वेंटी वन से डिवाइड करेंगे तो सिक्सटीन के टेबल में ट्वेंटी वन नहीं आता है वो आपको पता होगा पर हम वंजा लेंगे वंजा सिक्सटीन से छोटा है तो हम वंजा लेंगे फिर वंजा से हम माइनस करके फाइव आएगा आंसर ओके तो फाइव आएगा फिर सिक्सटीन जो है हमने सिक्सटीन के टेबल से करा था फिर हम सिक्सटीन लेंगे उसे नीचे लिखेंगे और फिर सिक्सटीन फाइव के टेबल में सिक्सटीन आता है नो no. उससे छोटा देखेंगे फिफ्टीन आता है तो उसे एक कर देंगे और फाइव फाइव फिर आएगा फाइव ओके okay, तो फिर आएगा फाइव फाइव वन में से फाइव गए तो वन वन फाइव जा फाइव ओके ये है अब हम करके दिखाएंगे आ, इन में से हम चूज़ करते हैं सी सी करते हैं ओके और बी और डी आपका होमवर्क है मैं आपको टिक लगा देता हूँ होमवर्क होमवर्क ओके ये दो आपके होमवर्क में है और अब हम करेंगे सी ओके okay. दोस्तों चलो सी करते हैं अब इसे सिक्सटीन के टेबल से ट्वेंटी एट आता है क्या नो, ट्वेंटी एट नहीं आता सिक्सटीन के टाइम में तो हम फिर से सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन करेंगे और यहाँ पे आएगा टू ओके okay, और वन टवेल्व ट्वेल्व के टाइम में सिक्सटीन आता है नौ no, वन जा तो यहाँ पे आ जाएगा फोर फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है यस yes! फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है तो यहाँ पे आ जाएगा बोलिए कितने बजे आता है फोर के टेबल में ट्वेल्व फोर थ्री जवेल्व ओके तो फोर का टेबल मैंने सिखाया है नहीं सीखा है तो आ, मेरी आ, मैंने फोर्थ और फाइव के टेबल सिखाया तो उस वीडियो में आप वो वाली वीडियो देख लेना तो ये सम हो गए हैं ये कंप्लीट हो गए हैं सब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन ऑन कर देना क्योंकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको मेरा चैनल ज़रूर बताना क्योंकि उनके जो मैथ्स में प्रॉब्लम है जो उनके डाउट हैं ना क्लियर हो जाए और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ तो आप बताने ये वीडियो कैसी लगी है और ये जो टू सम हैं आप ये होमवर्क में आपको करने हैं आपको दिखा देता हूँ फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एट ओके और सेवन एंड ट्वेंटी फोर ये आपको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसे करना है और मुझे मेल भी कर सकते हैं ओके टाटा okay? बाय बाय लाइक ज़रूर कर देना